नमस्कार स्वागत अभिनंदन दिनांक 24 मार्च के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में मंगलवार दिन रहेगा कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी ब्रह्मा व्यवस्थ पुराण के अनुसार अमावस्या तिथि के दिन कासे के पात्र में किसी भी प्रकार का जो है सेवन किसी भी जो है वस्तु का नहीं करना चाहिए साथ ही साथ आज लाल रंग के जो साग होते हैं इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए सूर्योदय होगा प्रातः छह बजकर नौ मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को छह बजकर पंद्रह मिनट पर दर्शकों विक्रम संवत दो चल रहा है और ये जो संवत्सर चल रहा है ये नामक संवत्सर चल रहा है नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के साथ नाग और साथ ही साथ शुक्ल और ब्रह्म योग रहेगा आज के शुभ समय पर आ जाते हैं कि आज का शुभ समय क्या रहेगा तो प्रातः ग्यारह बजकर अड़तालीस मिनट से लेकर के बारह बजकर छत्तीस मिनट मंगलवार अभिजीत मुहूर्त रहेगा आप लोग शुभ कार्यों को आज के दिन कर सकते हैं साथ ही साथ आज के अशुभ समय पर आते हैं जिसको राहु काल के नाम से जानते हैं तो तीन बजकर दोपहर चौदह मिनट से लेकर के चार बजकर पैंतालीस मिनट तक का समय जो रहेगा ये राहु काल का रहेगा शुभ कार्यों की मनाही है चंद्रदेव जो चलायमान है ये मीन राशि में चलायमान है और सूर्यदेव जो चलायमान है ये भी मीन राशि में चलायमान है अमावस्या तिथि तभी तो बनती है साथ ही साथ दर्शकों मंगलवार दिन रहेगा आज के दिशा पर नजर डाल लेते हैं तो उत्तर दिशा की ओर दिशा रहेगा उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से आज आपको बचना रहेगा लेकिन यदि किसी कारणवश आपको यात्रा करनी पड़ जाए तो पहले आप लोग गुड़ खाइएगा और दक्षिण की तरफ चार पथ चलने के बाद फिर उत्तर की ओर चलिएगा निश्चित रूप से आपकी यात्राएं सफल होंगी दर्शकों ये तो था हमारा पंचांग अब फटाफट चलते हैं हम अपने राशिफल पर लेकिन दर्शकों तमाम दर्शकों के जो है प्रश्न होते है राशिफल किस पर आधारित है तो ये आपके चंद्र राशि तो पर आधारित है ग्रह के नाम राशि दर्शकों यदि आप लोगों को भी अपनी क्योंकि मेस से लेकर मीन राशि जो है करोड़ों अरबों लोगों की है यदि आपको भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग फोन कर सकते हैं यदि फोन कॉल नहीं उठता है और उनके द्वारा आज आपको लाभ भी होगा प्रकृति के सानिध्य में आज आप किसी पर्यटन और प्रवास पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं साथ ही साथ आज आप लोग एकांत में रहेंगे सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यो में आज आपको सफलता मिलेगी दाम्पत्य जीवन में आज कुछ संवेदनहीनता बरती जाएगी आप लोगों के बीच वैचारिक मतभेद उभर करके सामने आएंगे आपके नए धन के स्रोत दिखाई दे रहे हैं अचानक धन लाभ होने की संभावना मेष राशि के जातकों को रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो मेष राशि के जातकों आज के दिन सुंदर कांड का पाठ करिए और सुंदर शुरुआत आप लोग करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ और आज भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा नाइन्टी वृषभ राशि की ओर चलते हैं राशि के जात को नए कार्यों का आज आयोजन करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए अनुकूल दिन है कोई नया काम आज आप लोग प्रारंभ कर सकते हैं नौकरी तथा व्यवसाय में आज, आज आपको मनचाहे और लाभदायक परिणाम हासिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं साथ ही साथ आज, आज आपको पदोन्नति का योग मिल रहा है व्यापार में नई दिशाएं खुलती हुई प्रतीत हो सकती है साथ ही साथ सरकार द्वारा आज आपको लाभ के समाचार मिलेंगे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और आज आप लोग भरपूर नींद का भी आनंद ले सकते उपाय के तौर पर कलर आपके लिए रहेगा अंक आपके लिए रहेगा चार और भाग्य का प्रतिशत रहेगा येगा ये सतासी प्रतिशत मिथुन राशि की ओर चलते राशि चक्र की हमारी अगली राशि आती है मिथुन राशि के जात को शरीर में स्फूर्ति और मन में उत्साह का कुछ अभाव रहेगा पेट के रोग पेट में दर्द आज आपको सताएगा नौकरी में उच्च पदाधिकारियों के नकारात्मक व्यवहार का कोपभंजन आपको बनना पड़ सकता है राजकीय कठिनाइया आज बाधक बनेगी महत्वपूर्ण कार्य या निर्णय आज स्थगित रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं हालांकि बेहतर रहेगा आज आप घर पर ही रहे तो ठीक रहेगा कोई वाहन इत्यादि से चोट चपेट लगने की भी संभावना है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा हनुमान बाहु का आप लोग पाठ करिएगा रोग में जो है थोड़ी सी आपको शांति मिलेगी साथ ही साथ आज महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा क्रीम कलर शुभ अंक रहेगा चार भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा िस प्रतिशत कर्क राशि की ओर बढ़ते हैं कर्क राशि के जात को मन में जो नकारात्मक विचार थे ये अब खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं साथ ही साथ आज बाहर के खानपान से आपको बचना रहेगा अन्यथा आपका स्वास्थ्य जो है इस पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा आज क्रोध को नियंत्रण में रखना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा पारिवारिक सदस्यों के साथ कुछ बखेड़ा आपका खड़ा हो सकता है नए संबंध तकलीफदायक साबित होंगे पैसे की तंगी का अनुभव आज आपको करना पड़ सकता है दुर्घटना ऑपरेशन या चोट चपेट इत्यादि का भी योग बना हुआ है उपाय के तौर पर आपको करना क्या रहेगा तो आज के दिन हनुमान अष्टक और बजरंग बाढ़ का संयुक्त तो रूप से आप लोग पाठ करिएगा साथ ही साथ आज गाय को आप लोग बेसन से बना हुआ कोई लड्डू जरूर खिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात और जो भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये आपके लिए रहेगा सैंतालीस प्रतिशत अगली राशि आती, आती है ये हमारी सिंह राशि सिंह राशि के जात पति पत्नी के बीच मामूली कारणों से आज आप लोगों के बीच टकराव उत्पन्न होगी और मनमुटाव होगा साथ ही साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य के बारे में चिंता रहेगी उनका स्वास्थ्य कुछ प्रतिकूल रहेगा सांसारिक विषयों के बारे में सिंह राशि के जातक उदासीन रहेंगे सार्वजनिक जीवन में अपयस या स्वाभिमान भंग होने का योग आज सितारे बता रहे हैं साथ ही साथ यदि किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप चल रही है तो उनके साथ मतभेद होने के योग बन रहे हैं मात्र मातृपक्ष से लाभ होगा पराक्रम में वृद्धि होगी उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो आज के दिन आप लोग भगवान भास्कर को अर्घ्य दीजिए साथ ही साथ आज प्रयास करिएगा कि, कि किसी जो है गरीब व्यक्ति को आप कुछ भोजन जरूर कराएं शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ और भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा बहत्तर अगली राशि आती है ये आती है कन्या राशि कन्या राशि के जातकों लेकिन दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक अपील है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक तो करिए एक लाइक आपके जो है एक लाइक से जो है मनोबल बढ़ता है साथ ही साथ इस वीडियो में और क्या जोड़ सकते हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं प्रत्येक तो संडे रात्रि 10 से 11 बजे तक लाइव होते हैं उस लाइव सेशन को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं कन्या राशि के जात शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य आज बना रहेगा घर में सुख शांति का माहौल रहने से प्रसन्नता अनुभव होगी आर्थिक लाभ और काम में आपको सफलता मिलेगी आज आपको बीमारी में राहत महसूस होगी नौकरी में में लाभ मिलेगा अपने कर्मचारियों को को को तथा सह जो है है सह आपसे सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा ऑफिस आज किसी बात लेकर के उच्चाधिकारियों के साथ आपके मतभेद जग जाहिर हो सकते हैं साथ ही साथ आज आपके पार्टनर को आपकी कोई राज की बात पता हो सकती है जिसके कारण आप दोनों लोगों के बीच मतभेद होगा कोर्ट कचहरी के जो है मामलों में फैसले आपके पक्ष में आने की पूरी उम्मीद है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज के दिन नमक को आपको एवॉइड करना रहेगा साथ ही साथ किसी लाल गाय को आपको सवा किलो गेहूँ खिलाना चाहिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः और भाग्य का जो प्रतिशत रहेगा ये रहेगा तिरसठ हमारी जो अगली राशि आती है याती लिब्रा अर्थात तुला राशि तुला राशि के जात को प्रिय व्यक्ति के साथ आज मुलाकात रोमांचक रहेगी तन मन से ताजगी और स्फूर्ति का आप लोग अनुभव करेंगे अत्यधिक विचारों से मन विचलित रहेगा आज किसी के साथ बौद्धिक चर्चा या वाद विवाद में प्रतिभाग लेने का अवसर आपको प्राप्त होगा परंतु उसकी गहराई में ना उतरने की आपको सलाह दी जा रही है साथ ही साथ जो स्टूडेंट हैं उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए यदि आपने कहीं बाहर अप्लाई किया हुआ है तो आज आपके फॉर्म इत्यादि रिजेक्ट हो सकते हैं परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे एक बात और बताना चाहेंगे आज आप लोग वाहन सावधानीपूर्वक चलाइएगा अन्यथा आज आप लोग चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं और सारे डॉक्यूमेंट रख करके वाहन चलाइए अन्यथा चालान इत्यादि भी आपका हो सकता है। उपाय के रहेगा, रहेगा राशि की ओर आगे बढ़ते फटाफट वृश्चिक राशि आप शारीरिक और मानसिक रूप से कुछ अज्ञात भय का अनुभव करते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी ना किसी बात की चिंता आपको परेशान करेगी आपको डिप्रेशन में रखेगी पारिवारिक सदस्यों तथा सगे संबंधियों के साथ आज वृश्चिक राश के जातकों की अनबन होने की संभावनाएं अधिक रहेंगी माता का स्वास्थ्य कुछ प्रतिकूल हो सकता है खराब हो सकता है भूमि का वाहन वगैरह का इसको जो है यदि आप खरीदने जा रहे हैं तो आज थोड़ा सा दस्तावेज़ चेक कर लीजिएगा जैसे हमने भूमि का बताया तो भूमि लेने से पहले उसके जो है डॉक्यूमेंट आप लोग क्रॉस चेक करवा लीजिएगा कि जिससे आप क्रय करने जा रहे हैं उसी के नाम पे है, साथ ही साथ वाहन इत्यादि कोशिश कीजिएगा कि आज ना क्रय करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा एक बात और बताना चाहेंगे किसी नए प्रेम संबंधों की शुरुआत आज के दिन हो सकती है सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर आज आपकी किसी से चैट इत्यादि आपकी हो सकती है साथ ही साथ जो लोग दांपत्य संबंधों में जो है बंधे हुए हैं तो इनके बीच में किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद उभर करके सामने आ सकते हैं आज उपाय के तौर पर आपको करना क्या होगा सुंदरकांड का आप लोगों को पाठ करना रहेगा साथ ही साथ हनुमान जी को बेसन के लड्डुओं का आज आपको भोग लगाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक और भाग्य का जो प्रतिशत रहेगा ये रहेगा सत्तर अगली जो राशि आती है ये आती है सेजिटेरियस अर्थात धनुराशि धनुराशि के जात नए कार्य की शुरुआत के लिए शुभ समय है मित्रों और सगे संबंधियों के आगमन घर में प्रसन्नता रहेगी हाथ में लिए हुए कार्य आज आप लोग सफलतापूर्वक पूर्ण करते हुए लेकिन शेयर मार्केट से आज, आज आपको बचना रहेगा छोटे भाई बहनों के साथ मेल जोल रहेगा आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी उपाय के तौर पर आपको करना क्या रहेगा तो देखिए आज के दिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हनुमान चालीसा का पाठ करिए साथ ही साथ यदि हो सके तो हनुमान चालीसा की पुस्तकों को आज आप लोग धर्म स्थान पर जरूर बांटें आपके लिए शुभ कलर रहेगा क्रीम कलर शुभ अंक रहेगा ये रहेगा दो और भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा बयासी प्रतिशत कैप्टिकॉन हमारी अगली राशि आती है मकर राशि मकर राशि के जात को और व्यवहार में संयम रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं परिवार जनों के साथ मन मुटाव ना हो इसका आपको ध्यान रखना होगा शेयर सट्टाम या पूंजी में निवेश करने का यदि आपने मन बनाया है तो थोड़ा सा अभी आप लोग रुक जाइएगा अन्यथा आर्थिक हानि हो जाएगी साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी कुछ शिकायतों का सामना आज देखने को मिलेगा आँखों में आज आपको को कोई तकलीफ हो सकती है आपके मन में कोई नकारात्मक विचार जो चला रहा है ये भी आज दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है जीवन साथी को आज आपके प्रमोशंस हो सकता है उनको कुछ लाभ मिल सकता है साथ ही साथ कोई नया भूमि भवन वाहन इत्यादि करने का योग बन रहा है उपाय के तौर पर आपको करना क्या रहेगा तो आज के दिन आप लोग जो है दुर्गा सप्तती के छठे अध्याय का पाठ करके साथ ही साथ यदि हो सके तो बंदरों को केला आज आप लोग जरूर खिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार और भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा सिक्सटी टू कुंभ राशि के जात को हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो शारीरिक मानसिक रूप से आज आपका दिन प्रफुल्लित रहेगा सगे संबंधियों तथा मित्रों और पारिवारिक सदस्यों के साथ घर में उत्सव का वातावरण रहेगा सुरुचिपूर्ण और मिष्ठान का आप लोग आनंद लेंगे घूमने फिरने और पर्यटन का कार्यक्रम आपका आयोजित होगा आर्थिक दृष्टि से आज का दिन लाभ का दिन रहने वाला है साथ ही साथ आज आप लोगों को जो है मतलब घर में आराम करने के यहाँ पर सितारे चला दे रहे हैं आज आप लोग घर से बाहर बहुत ज्यादा नहीं निकलेंगे घर से ही आप लोग अपने कामों को करते हुए दिखाई दे रहे हैं थोड़ी सी धन हानि होती हुई दिखाई पड़ रही है लेकिन शाम कि चने किसी किसी का, साथ साथ का भोग लगाइए सुंदर कांड का पाठ सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ और भाग्य का प्रतिशत रहेगा यह रहेगा सत्तावन प्रतिशत अंतिम अंतिम राशि राशि पर चलते हमारी आती है मन में चंचलता हावी रहेगी मित्रों तथा स्वजनों के साथ मतभेद खड़े होंगे साथ ही साथ मन में लालच की वृत्ति आपको नुकसान में ढकेलती हुई दिखाई पड़ रही है इसका आपको ध्यान देना रहेगा जमानत संबंधित कार्य को छोड़ दीजिएगा कोर्ट कचहरी के मामलों में ना पड़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा मीन राशि के जात को साथ ही साथ आप जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के आपके वैचारिक मतभेद उभर करके सामने आ सकते हैं आपके उच्चाधिकारियों से संबंध भी मधुर नहीं रहेंगे उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो सबसे पहले भगवान भास्कर को अर्घ्य दीजिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए साथ ही साथ बजरंग बाढ़ का आज आपको पाठ करना रहेगा तीन बार पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से उसके लाभ चमत्कारिक लाभ आपको दिखाई पड़ेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक और जो भाग्य का प्रतिशत रहेगा येगा रहे पैंसठ प्रतिशत तो दर्शकों कैसा लगा हमारे ये कार्यक्रम कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराइए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेल आइकन जरूर दबाइए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार